हमेशा से ही अच्छे स्टॉक्स ढूंढना सबसे बड़ा दिक्कत रहा है इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए क्यों ना कहें तो आज हम ऐसा एक चीज़ लेके आए हैं जो आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे आपको चाहिए ना कि मंडे के दिन कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या फिर फ्राइडे के दिन थर्सडे के दिन कौन से स्टॉक में मूवमेंट होगा इसी के लिए इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक हमारा जो एजुकेशन पोर्टल है उसमें होम पेज में हमने स्टॉक मार्केट एक्शन डाला हुआ है यहाँ से आप क्लियरली अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है अगर स्टॉक के बारे में जितना जानकारी आपको चाहिए यहां पर सब है लेकिन आप कितना फिल्टर लगा के बारीकी से चूज कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नमस्कार मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक पे कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक डॉट कॉम पे जाना है होम पेज में ही आपको ये मार्केट स्क्रीनर मिल जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पे कैसा यूज होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर एक एक कॉलम्स बना हुआ है जो जो जैसे कि वॉलेंजर बैंड ट्वेंटी ये सब अगर नहीं चाहिए आपने क्लिक कर लिया तो हट जाएगा नीचे बहुत सारे आरून इंडिकेटर वगैरह वगैरह जो भी इंडिकेटर चाहिए आप क्लिक करने पर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे उसी तरह हमने मूविंग एवरेज की कुछ स्ट्रैटेजी डाले हुए हैं तो आपको क्या करना है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करना है एनी की जगह स्ट्रॉन्ग बाय सेलेक्ट करना है तो जितने सारे स्टॉक स्ट्रोंग बाय मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको ट्रेंडिंग मार्केट में चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे स्ट्रांग बाय का मतलब ये नहीं कि आप यही स्टॉक खरीद लें यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट करके दिखाता है कौन कौन से स्टॉक में मूवमेंट होने वाला है या हो चुका है तो इस सारे स्टॉक्स में आप जाके रिसर्च कर सकते हो टेक्निकल अनालिसिस कर सकते हो ये सिर्फ आपको शॉर्ट करके दिखाता है यहाँ पर क्या है कितने दिखा रहा है सिक्स फोर्टी फोर मैचेस दिखा रहा है ये मैचेस कम करने के लिए आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे मार्केट कैप पे जाएंगे यहाँ पे टेन मिलियन है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे टू बिलियन टेन बिलियन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टॉक कम हो जाएगा मतलब जो ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप वाला है वही सारे स्टॉक्स यहाँ पर शो करेंगे तो इस तरह से आप अगर फिल्टर लगा के स्ट्रांग सेल्स अगर भी लगाएंगे तो यहाँ पर सेलिंग स्टॉक्स आपको दिखा देगा कि कौन से वाले स्ट्रोंग सेल होने वाले हैं तो यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो आपके लिए ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है आप ये यूज कीजिए और कैसा है ये मतलब आपका देखिए यहाँ पे मैंने टू आइटम्स लगा लिया इसलिए स्ट्रांग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे स्ट्रांग बाय को हटा देंगे तो सिर्फ स्ट्रांग सेल दिखाया कितना दिखा रहा है इलेवन मैच दिखा रहा है तो जितना भी आ, उस मार्केट कैप से ज़्यादा है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ऐसे आप क्या कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हो ये फिल्टर आप यूज़ कीजिए कैसा लगा इसके और भी कई सारे यूजेस हैं मैं यहाँ पे आगे जाके आपको ये सारे यूजेस बताऊंगा कैसे आप इस यहाँ से ही अच्छे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आगे जाके उसमें रिसर्च करके अच्छा पैसा कमा सकते हो थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक